समय ना लगाओ तय करने के लिए कि आपको क्या करना है वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में संघर्ष से मत डरो तभी मजा आता है जीने में चिंगारी रखो सीने में मजा आएगा जीने में आज बड़ा बिजनेस के दे रहा हूं कुछ खास बातें अंदर की आपको शेयर करूंगा क्यों बड़ा बिजनेस बाकी एटेक कंपनी के मुकाबले ज्यादा प्रोग्रेस किया कई सारी मल्टीनेशनल एटेक कंपनीज के मुकाबले बड़ा बिजनेस का प्रोग्रेस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अमेजिंग रहा खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए खुद को तो बदलो सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए लक्ष्य पे हमने काम किया दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं रखा भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है खुद पे भरोसा रखा इन्वेस्टर को नहीं गए हम डेट फ्री इक्विटी फ्री है आज तक ना तो कभी कर्जा लिया ना किसी इन्वेस्टर का चेहरा देखा बावजूद उसके हम कंटिन्यूसली ग्रो करते गए इसका कारण क्या है आप पहले एक फंडामेंटल समझो कि जो डिजिटल कॉन्टेंट है यूट्यूब पे वगैरह वगैरह फेसबुक पे ये तो छोटे शहर छोटे कस्बे और छोटे गांव तालुका से अंदर जाते हैं तब भी वहाँ पे फ्री में लोग देख रहे हैं लेकिन जो कंटेंट का कंजम्पन ट्रांजैक्शन के साथ पैसा खर्च करके हो रहा है वो केवल टॉप ट्वेल्व मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है यानी कि बड़े बड़े शहरों में हो रहा है छोटे शहरों के अंदर लोग खरीदते नहीं हैं फ्री में देखते हैं लेकिन हमने क्या किया डिजिटल पेनेट्रेशन के साथ फिजिकल पेनेट्रेशन किया आज भद्रक नाम का एक शहर छोटा शहर है बहुत उड़ीसा में आपको जानकर है, है, है।, है इसके बारे में लोग नहीं जानते थे क्यों हुआ ऐसा क्योंकि हमने आईबीसी बनाए हमारे मॉडल में क्या किया आईबीसी बनाते वक्त पहले छह महीने के अंदर हुआ आपको मजे की बात बताता हूं एक तो आईबीसी बनाने को आसान कर दिया हमने स्टेप क्या रखे नाम मोबाइल नंबर और ज्वाइनिंग फी एकदम आईबीसी बी ज्वाइन कर गए आप तुरंत पैसा नहीं है आपके पास आपको लोन दिला देते हैं लोन देने पे इंटरेस्ट आता है आपको इंटरेस्ट फ्री करा देते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन आपका सिबिल अच्छा नहीं है तो भी आपको लोन दिला देते हैं आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है आईटीआर फाइल नहीं करी तो भी आपको लोन दिला देते हैं इतना लोन दिला करके आसानी से उसको आईबीसी बनाया थोड़ा उसने पैसा अपफ्रंट दिया और उसके बाद क्या किया अब वो तुरंत डे वन से कमाना चाहता है डे वन से ग्रो करना चाहता था तो आई के साथ हमने जी मॉडल बिल्ड किया जी मॉडल जानते हैं क्या है इसको बोलते हैं जनरेट नर्चर एंड क्लोज जी उसको लीड को जनरेट कैसे करें वो बिजनेस जनरेट कैसे करे बिजनेस को नर्चर कैसे करे और बिजनेस को क्लोज करके पैसा जेब में कैसे लेके आए इसके लिए हमने हर एक आईबीसी को मैनेजर दिया देखा हमने जनवरी फेबर मार्च के महीने में कि अपने आप आईबीसी को सफलता नहीं मिल रही उसको मैनेजर्स देने शुरू किए मैनेजर्स के साथ तुरंत आईबीसी छलांग मारे कोविड लॉकडाउन हो जाने के बावजूद भी आईबीसी ने बहुत रेवेन्यू किया अब आईबीसी को क्या हो गया उसको आईडू यूसी मेथड पर हम सिखाते हैं आईडू यूसी मेथड क्या है मैनेजर पहले खुद करके दिखाता है हुँ? जैसे मान लो आई बी सी शाम शाम देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं आई डू यू सी आप देखो मैं कैसे कर रहा आई डू, यू सी, तो अब शाम को वो देख रहा है और मैनेजर खुद करके दिखाता है फिर शाम उसको देखता है, शाम सीख जाता है अब मैनेजर क्या कहता है शाम ना यू डू आई सी अब तुम करो मैं देखूंगा पहले मैंने किया तुम देखो आई डू यू सी अब यू डू आई सी अब मैं देखूंगा तुम कैसे कर रहे हो उसके बाद शाम अब यूडू रिपोर्ट वीकली अब शाम करते जा रहा है और वीकली रिपोर्ट करते जा रहा है यूडू अगर कोई गलती कर रहा है तो रिपोर्ट डेली वीकली भी नहीं डेली ऐसे आई डू यूसी मॉडल ये कितने आप में यूनिक मॉडल है ये दुनिया में कहीं नहीं होता जो हमने किया एक अमेजिंग आई डू यूसी मॉडल बिल्ड किया फिर हमने देखा कि आईबीसी को एक बार दो बार पांच बार ट्रेनिंग से काम नहीं चलता उसको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देना पड़ेगा फिर हमने नया जंप लिया एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया ये मैं आपको अपना क्या स्टडी दे रहा हूं क्यों हम लोग ग्रो किए देखिए कैसे कैसे हम अपग्रेड करते चले गए कंसिस्टेंटली उसको सारे प्रोडक्ट मैनुअल उसको मार्केटिंग को लेटरलिकेशन उसको अपनी मर्जी से कहीं से भी बैठ के कभी भी किसी भी समय सीख सकता है अब इससे क्या रहा है? वो अपना बिजनेस भी सीख रहा है और हमारे साथ भी सीखता चला जा रहा है अब उसने क्या किया शुरुआत के समय में वो अपना कोई और नौकरी कर रहा था तो उसको वीकेंड पे सपोर्ट चाहिए तो वीकेंड पे हमारे मैनेजर्स की छुट्टी होती थी हमने उसको शिफ्ट लगा दिया तो वो वीकेंड पे भी सपोर्ट कर रहा है सैटरडे संडे को भी मैनेजर काम कर रहा है उसको बोलते हैं रीजनल आईबीसी मैनेजर आर आई उसको वो कहता है कि सर मुझे बिजनेस लाना है पहले मैं सेमिनार अटेंड करूंगा फिर मैं अपने लिए सेमिनार कराऊंगा तो उसको अटेंड कराना या उसके लिए सेमिनार कंडक्ट कराना कोई भी तरह की क्वेरी उसको सपोर्ट दे देना लोकल ब्रांच भी दे दिया ऑफिस भी ला करके दे दिया उसको तो उसको बहुत सपोर्ट मिला अब हमने देखा कि ये आगे रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है इसको एसएमएस चाहिए व्हाट्सएप चाहिए ईमेल फॉर्मेट चाहिए ब्रोशर चाहिए फ्लायर चाहिए लैंडिंग पेज चाहिए उसको अपना पर्सनलाइज मोबाइल नंबर चाहिए उसको मेरे वीडियोज़ का मोन्टाज चाहिए उसको बहुत कुछ चाहिए उसको सब रेडीमेड मिल गया तो अब देखा कि भाई ये सब तो अच्छा हो रहा है लेकिन ऐसा ना हो किसी और की सेल का बेनिफिट कोई और ले जाए किसी और की जनरेटेड लीड का बेनिफिट कोई और ले जाए तो हमने स्ट्रॉन्ग पेमेंट पोर्टल बना दिया कि आपकी कोई और नहीं जा रहा अब पेमेंट पोर्टल उसका एक अब वो आई बी सी अपना लीड अपना बिजनेस अपना पेमेंट लिंक सब कुछ उसी पर कर लेता है उसको सारी कमीशन भी उसी पर मिल जाती है उसको पेमेंट भी उसी में मिल जाती है वो कमीशन ट्रैक भी कर लेता है इनवॉइसिंग को भी ट्रैक कर लेता है उसको सब कुछ उसी में देख जाता है अब एक जगह पे जहां आपको पता चलने वाला हो कि इस महीने में, में मेरी इतनी कमाई हो इतना है तो हमने देखा ये सब तो ठीक है लेकिन अगर हम उसकी एक्सक्लूसिव वेबसाइट बना दें तो उसको फायदा होगा वो प्रमोट कर सकता है तो हर आई की एक्सक्लूसिव वेबसाइट बनाई जिसको बोलते हैं डिजिटल दुकान उसकी अपनी दुकान खोल के दे दी डिजिटल अब पोस्ट कोविड तो सब कुछ डिजिटल होने वाला है फिजिकल चीज़ें कम हो गई हैं जो ग्रोथ 2023-24 में आने वाली थी डिजिटल कंटेंट को वो 2020-21 बीस ही मिल गई ये बहुत बड़ी बात है चार साल बाद की ग्रोथ आज मिलने लग गई क्योंकि कोविड के बाद लोग डिजिटल कंजम्पशन बढ़ गया तो उसका अपना वेबसाइट बना दिया वो अपने वेबसाइट से ही लिंक करके एस व्हाट्सएप सोशल मीडिया सबको भेज पाता है उसमें उसका अपना डिटेल होता है उसका अपना डिजिटल दुकान पर सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल होगी सब कुछ वहीं पर होगा मतलब कहने का ये अब देखो भाई लोग उसको आसान हो गया कि मेरी डिजिटल दुकान भी मिल गई एक वेबसाइट बनाने में बहुत समय लगता था उसका इससे क्या हो गया अब आईबीसी डे वन पे कमाना शुरू कर देता है उसको हाई कमीशन मिलती है सेल्स पर और पंद्रह पंद्रह दिन पे पेमेंट्स मिल जाती हैं ये नहीं कि महीने के एंड का वेट करना है बाय मंथली पेमेंट सिस्टम रख लिया हर 15 दिन में उसको पेमेंट मिल जाएगी तो उसे कहीं फाइनेंस में दिक्कत नहीं आती और जीएसटी टीडीएस अगर वो नहीं जानता तो हम उसको उसमें हेल्प कर देते हैं और पेमेंट उसके अकाउंट में डायरेक्ट आते है। ये नहीं कि उसको कैश लेने आना पड़ेगा चेक लेने आना पड़ेगा कोई ट्रांसफर कराना पड़ेगा अपने आप उसके बैंक अकाउंट में सब डिटेल आ जाती है अब हमने देखा कभी कभी फिर भी कुछ आई हैं उनकी कुछ शिकायतें बच जाया करती थी कि उनको कुछ चीज समझ नहीं आई या वो किसी संपर्क नहीं कर पा रहे या कर रहे हैं लेकिन उनका कहीं पे लीड क्लैश हो गया या कहीं कोई कुछ भी इशू आए नहीं नहीं तरीके के इशू आ जाते थे हर बार नया क्रिएटिव इशू आता तो हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया सीएमएस अब ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या आप इसको मोबाइल से लैपटॉप से डेस्कटॉप से कहीं से भी यूज कर सकते हो अपनी कंप्लेट लिख के भेजो जैसे ही वो कंप्लेंट की रिक्वेस्ट डालेगा कंप्लेंट करेगा रिक्वेस्ट डालेगा सजेशन देगा चले जा रहे हैं ताकि सारी प्रॉब्लम को तुरंत रिजोल्व कर सके आज आपको कुछ आईबीसी से मिलवाता हूं बीस साल का बाईस साल का तेईस साल, साल का लड़का आसानी से हमारे साथ दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख पच्चीस लाख पचास लाख तक का रेवेन्यू कर रहा है तो क्या हुनर तो सब में होता है IBC जो मेरा रेवेन्यू था वो 51 वन लाख रुपीज और टोटल अभी तक का मैं आपको बताऊँ की जितना मेरा IBC बी सी का जर्नी रहा है पिछला तीन महीने का टोटल जो था वो सेवनटी वन लाख रुपीज था रिस्पेक्ट की मैं तलाश कहीं और कर रहा था वो सब कुछ मुझे बड़ा बिजनेस के अंदर मिल पा रहा है पिछले जुलाई मंथ का मेरा जो रेवेन्यू है 25 लाख प्लस का है पिछले तीन महीने का आईबीसी मेरा जो रिवेन्यू है वो 46 लाख रुपए का है मेरा जो जुलाई मंथ का रेवेन्यू रहा, रहा है और मेरा जो टोटल रेवेन्यू रहा है थर्टी फाइव लैक्स का रहा है इस कोरोना के वजह से सारे लोग लोग का जो बिजनेस घाटा में चल रहा है किसी का नौकरी जा रहा है किसी का सैलरी हब हाँ। कर दिया गया है इस टाइम में इस तीन महीना <laughs> में जो रेवेन्यू है वो आप आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की सब चीज की वो सारी समस्या को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने आई टी सी प्लेटफॉर्म में पूरी तरीके ऐसी खत्म कर दिया है मुझे नहीं लगता की दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा बिजनेस किया जा सकता है इतना आसान बिना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिना कोई डिग्री के बड़ा बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एवरी थिंग अबाउट वोनरशिप हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सिस हो गए लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गए, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है नहीं कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिया में ऐसा अवेलेबल जो इतना पावरफुल कंटेंट इतनी आसान भाषा में सिखा सकता है और इन प्रोडक्ट्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ प्राइस तो कम है, बट जो वैल्यू दे रहे हैं बहुत है। सारी कंपनी है? है, सार, है और सारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं आई बी सी मॉडल में मुझे जो सबसे खास बात लगी वो है बड़ा बिजनेस की सपोर्ट में कह रही हमें ये लोग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देते हैं हाउ टू गो फॉर कम्युनिकेशन विध क्लाइंट हाउ टू गो फॉर हाउ हाउ हाउ टू टू टू पिच योर प्रोडक्ट क्लोज इट इट ये सारी चीजें हमारे डिजिटली हमारे मोबाइल में भी मोबाइल में ही एक्टिव इस जर्नी में मुझे बड़ा बिजनेस से पूरा सपोर्ट मिला चाहे वो चैनल पार्टनर हो आईबीसी मैनेजर हो रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर हो रीजनल मैनेजर हो चाहे हेड ऑफिस हो सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को मेरी सोसाइटी और जो फैमिली में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वैल्यू मिली है वो बड़ा बिजनेस के पे ही मुझे मैं डे की पे बोल सकता हूं कि जो अर्निंग यहाँ से हो सकती है वो कहीं से नहीं हो सकती अभी भी वक्त है वक्त ना बेकार कर खींच लक्ष्य पे वार कर वक्त ना बेकार कर लक्ष्य पे वार कर आई एक रेवोल्यूशनरी मॉडल बन गया है। क्यों क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं बाईस तेईस चौबीस पच्चीस साल के यंग लड़के आज कैसे इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एक सस्टेनेबल इनकम बना रहे हैं मेरा आपको रिक्वेस्ट है सोचिए फिर से सोचिए किसको नया बिजनेस शुरू करना है कौन यंगस्टर है उसको बोलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जुड़ रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं एकमात्र ऐसा है प्लेटफॉर्म जहां सारे अरबपति पति आकर सिखाते हैं हर अरबपति हमारे साथ क्यों जुड़ता है सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म है ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है तो इसीलिए आप उन सबको शेयर करिए सोच करके कि यार किसको काम आ सकता है कौन इस समय खाली बैठा है किसका बिजनेस नहीं चल रहा है लेट हिम इंक्वायर अबाउट अस हम हेल्प करेंगे उसको अगर वहाँ ऑफिस नहीं है तो हमने वहाँ डिजिटल ऑफिस अपना खोल लिया अगर फिजिकल ऑफिस नहीं है हर जगह पर हम सपोर्ट कर रहे हैं कमऑन आपको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो सबको शेयर करो उन सब सोच करके और आप अगर खुद के लिए देख रहे थे तो जरूर कॉल करके पता लगाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दो बार लाइक नहीं हो सकता है कम से कम एक बार लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कि कैसे और किसको शेयर किया आप सबका हृदय की गहराइयों से सोच सोच के शेयर करने के लिए धनपूर्वक धन्यवाद